है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज इन्फॉर्मे यहाँ पर आपको जिंदगी से जुड़ी नई नई जानकारी उपलब्ध कराई जाती है हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले आप चाहें तो वीडियो में बताए गए इन्फॉर्मेशन को पी में नीचे दिए गए वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं आइए चलते है आज के हमारे नई टॉपिक आरोप पाँच चीजें इंसान को जीवन में करने ऐसी हमेशा कष्ट उठाना पड़ता है आचार्य चाण्य के अनुसार इंसान को जीवन में बहुत सी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है लेकिन जीवन के कुछ विशेष सूत्र पता ना होने के कारण हमें बहुत सी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। आइए जानते हैं जीवन में कुछ याद रखने वाली यह पांच बातें नंबर एक मूर्ख शिष्य को पढ़ाने से, ढूंढ स्त्री का भरण पोषण करने ऐसी और दुखी जनों के साथ व्यवहार करने ऐसी विद्वान मनुष्य भी कष्ट उठाता है मूर्ख शिष्य को पढ़ाना उपदेश देना को कष्ट देना होता है हम चाहे जितना भी प्रयत्न क्यों न कर ले मूर्ख व्यक्ति को शिक्षा नहीं दे सकते हम उसे कुछ भी सीखाने की कोशिश क्यों न करें वो अपनी वाली ही करता है इसीलिए मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने की कोशिश में अपना समय बर्बाद न करे इसी तरह दूष्ट स्त्री का भरण पोषण करना हमारे हित में कुछ भी फायदा नहीं होता हम चाहें भी उसे प्यार और इज्जत क्यों न दे वो अपनी दुष्ट प्रवृत्ति नहीं छोड़ती है वो किसी की भी व्यक्ति की आदर सत्कार करना तो दूर अच्छी तरह बात भी नहीं करती ऐसी स्त्री से हमें दूर रहना फायदा जनक होता है अमिर इंसान के संगठ से खुशी मिलती है तो दुखी जनों के साथ ऐसी बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट उठाना पड़ता है हम ना चाहते हुए भी कहीं क्षमता न होते हुए हमें मदद करना पड़ सकता है जिससे हमको मुसीबत का सामना करना पड़ता है नंबर दो धूत मित्र से दोस्ती करना यानी मौत को देना है जो व्यक्ति धूत मित्र के संगठन में रहता है उसे बहुत मुसीबतों का सामना उठाना पड़ सकता है यहाँ तक वक्त आने पर ऐसे दोस्त की वजह ऐसी मृत्यु को बुलावा देना पड़ सकता है इसीलिए जब भी किसी से दोस्ती करे तो समझदार वह अपने से बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी ही करे और आने वाली मुसीबतों से दूर रहे दोस्त बनाने से पहले सोच समझ और जानबूझकर ही बनाए नंबर तीन मुफ्त नौकर कहीं मानने वाला कभी भी घर में न रखे जिस घर में नौकर चाकर बात बात में जवाब देने वाला हो कहना न मानने वाला हमारे लिए बड़ी समस्या का कारण होता है ऐसे नौकर मालिक के कोई भी कही गई बात ठीक तरह से नहीं मानते हैं मुसीबत के समय इनकी बत्ती और लापरवाही के वजह से परिवार के अन्य सदस्य व खुद की जान जा सकती है इसीलिए ऐसे नौकर को घर में एक पल के लिए भी न रखें। घर में नौकर रखने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले और उसके आदतों के बारे में जानकारी रखकर ही उसे काम कर रखे नंबर चार आप तिकाल के लिए धन की रक्षा धन से अधिक स्त्री की रक्षा करें और इन दोनों से पहले स्वयं की रक्षा करें और उसकी रक्षा करें। धन से भी अधिक स्त्री की रक्षा करनी चाहिए अगर समय पड़े तो धन और स्त्री से पहले खुद की बचाव करना चाहिए क्योंकि अपना ही नाश हो जाने पर धन और स्त्री का क्या लाभ व्यक्ति को अपनी सभी वस्तुओं की रक्षा करनी चाहिए मगर यदि इन सबकी रक्षा करते करते उसकी जान पर आ पड़े तो उसे सबसे पहले अपनी रक्षा करनी चाहिए नंबर पांच जिस देश में बंधु विद्या प्राप्ति के साधन मान सम्मान और आजीविका प्राप्ति के साधन ना हो उस स्थान पर ना रहे इंसान की जीवन में बहुत इच्छाएं और जरूरत होते हैं लेकिन कुछ चीज़ों के बिना वो नहीं रह सकता जिस देश में बंधु बांधव ना हो तो जरूरत आने पर काम आने वाला कोई नहीं होता है बुद्धिजीवी बनने व शिक्षा ग्रहण करने के लिए विधा प्राप्ति के साधन और सुविधा होना आवश्यक है प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मनुष्य के रूप में उसे मान सम्मान की प्राप्ति हो वह जो कार्य करता है उसे दृष्टि में रखते हुए उसे अनुरूप उसका आदर किया जाए जीविका चलाने के लिए रोजगार एवं व्यापार करने की सुविधा होना अत्यंत आवश्यक है